अस्सलाम अल्लाम दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैं अपनी एंजाइटी को कैसे मैनेज करता हूँ और जो लोग भी इन्जाइटी में है वो कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ जो जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं वो सारी चीज़ें मैं इन आपके साथ शेयर करूँगा और आप इस चीज़ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं कैसे मैनेज कर सकते हैं अपनी एज़ाइटी को कैसे जो है वो लाइक like, इसको ख़त्म करना तो ठीक नहीं वर्ड रहेगा अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने अंदर से एनजाइटी को ही ख़त्म कर दें या अपने अंदर से जो है वो डर की और फियर की कैफियत को ख़त्म कर दें तो ये नहीं हो सकता एनजाइटी जो है वो हमारा एक इमोशन है जैसे आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं अपने अंदर से ख़ुशी को ही ख़त्म कर दूँ खुशी थोड़ी ख़त्म हो सकती है वो भी हमारा एक इमोशन है अगर ये हमारे इमोशन्स ठीक से काम नहीं करेंगे तो भी हमारे लिए मसला है और अगर ये बहुत ज़्यादा ही जो है वो ओवर एक्टिव हो के बड़े डिसीजन गलत कर दें तो भी ये मसला ही का बायस बनते हैं देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि डर हमारे लिए अच्छा होता है लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा बुरा अपने लिए बना लेते हैं अगर हमारे सामने कोई चीज़ लाइक डरावनी चीज़ आ जाए कोई ख़तरनाक चीज़ आ जाए और हम उससे अगर डरेंगे नहीं तो क्या हम उससे कोई लड़ने का फैसला या उससे भागने का फैसला या अपने बचाव का फैसला करेंगे कि आप शेर के सामने खड़े होकर कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं डरता मैं जो हूँ वो लाइक कुछ भी करने को तैयार हूँ तो वो शेर तो शायद आप उसका तो गोश्त खाते हो लेकिन वो आपका गोश्त जरूर खा जाएगा तो डरना जहाँ होना चाहिए वहाँ डरना चाहिए लेकिन हमारी जो मॉडर्न एज में गलती हुई है वो ये हुई है कि जब हम डरते हैं या जब हम परेशान होते हैं तो हमारा कॉर्टिसल का लेवल यानी कि जिसे स्ट्रेस हारमोन कहा जाता है वो रिलीज होता है लेकिन मॉडर्न एज में हम हर वक्त डर रहे हैं और बिला वजह डर रहे हैं और बग़ैर किसी रीज़न के डर रहे हैं जिसकी वजह से जो है वो हमें एन्ज़ाइटी डिसऑर्डर का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है कोई भी इवेंट जब हमारी लाइफ में आता है कोई भी काम जब हमने करना होता है लट्स पोज हमने कल इंटरव्यू पे जाना है या हमने किसी नए बंदे से मिलना है या हमने कोई एग्ज़ाम की प्रपरेशन करनी है या कोई भी ऐसा काम जो हमारी ज़िंदगी में एक नया इवेंट आता है हमें उसके बारे में ख़यालत आते हैं और डर के बारे में भी ख़्यालत आते हैं कि यार हो सकता है मेरा एग्ज़ाम ठीक ना हो हो सकता है मैं ठीक से पास ना हो सकूं, हो सकता है मेरा इंटरव्यू ठीक ना हो हो सकता है मुझे कुछ भी ऐसा वैसा हो जाए लाइक like, कुछ नेगेटिव आप उसके साथ जो है ना वो जोड़ लेते हैं इट्स नेचुरल ये सबके साथ होता है एनजाइटी सब में होती है लेकिन अगर आप उसको पकड़ लें और ख़ुद को बहुत ज़्यादा परेशान कर दें अपना खाना पीना नींद बहुत ज़्यादा ख़राब कर लें और आप कोई काम ना करें आप सिर्फ कंजेक्टिवली उसी के बारे में ओवरथिंक कर रहे हैं कन्जेक्टिवली उसी के बारे में सोच रहे हैं बार बार उसी जगह पर जाके उसी स्टेट ऑफ माइंड पे खुद को लाके खुद आप खुद को परेशान कर रहे हैं अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी ना डिफरेंस बिटवीन थॉट एंड थिंकिंग वो आपने लाजमन देखनी है वो यहाँ आपको बड़ी हेल्प करेगी आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं और ये बार बार सोचना आपकी आदत बनती जा रही है और इसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही इसकी वजह से आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है इसकी वजह से लाइक ये आस्ता आस्सा फैलती हैं ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता अभी ये अगर नॉर्मल रेवल पर है तो ये नॉर्मल एनजाइटी है लेकिन अगर ये थोड़ी सी वर्स्ट है तो ये इन्जाइटी डिसऑर्डर है अगर इसी एनजाइटी डिसऑर्डर से आगे ये चीज निकलेगी तो फिर ये जनरलाइज एन्जाइटी डिसऑर्डर में आएगा जनलाइज एन्जाइटी डिसऑर्डर में जो कि एन्ज्जाइटी की आगे टाइप है जिसमें जी है जनरलाइज एन्जाइटी डिसऑर्डर होता है पैनिक अटैक्स होते हैं OCDs होती हैं इसके अलावा जो है वो फोबियाज आते हैं सोशल एन्जाइटी आती हैं वो मेरी काफ़ी ज़्यादा उन पे वीडियोस बन चुकी हैं और मैं ख़ुद उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और मैं उसमें जो भी बातें बताई हैं वो सेल्फ बेस हैं कि मैंने उनसे कैसे निपटा है अगर मैं निपट सकता हूँ मैं उनको मैनेज कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं अब ये पैटर्न कैसे डिवेलप होता है लाइक like, कोई भी चीज़ जो एक पैटर्न में आती है और जो डिसऑर्डर की शक्ल लेती है वो कैसे लेती है इसको हम समझते हैं फर्ज करें कल मेरा इंटरव्यू है और मैंने उस इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन की जब स्टार्टिंग होगी तो मुझे थोड़ी सी एन्जाइटी होगी इट्स कॉमन मुझे इंटरव्यू के लिए कल तैयारी करनी है ये तो इसलिए है ना कि मुझे अगर एन्जाइटी होगी मुझे डर होगा तो ये तो अच्छा है ताकि मैं कल के लिए तैयारी करूँगा मैंने कल के लिए तैयारी की अनफॉर्चुनेटली वो मैं इंटरव्यू से रिजेक्ट हो गया हम सारे इंटरव्यूज़ में थोड़ी सेलेक्ट हो सकते हैं अब मेरे माइंड ने एक चीज़ जोड़ दी कि मैं इंटरव्यू से रिजेक्ट हो गया माइंड ने रिजेक्शन को जो है ना वो मार्क कर लिया अब कुछ दिन बाद मेरा फिर इंटरव्यू था मेरे माइंड में इंटरव्यू से लेके थॉट्स तो होंगे ही लेकिन एक जो सबसे बड़ा थॉट होगा कल अगर मैं फिर रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा अब अनफॉर्चुनेटली किसी भी तरह करके मैं फिर रिजेक्ट हो गया अब मैं जैसे रिजेक्ट हुआ मेरे माइंड का वो जो थॉट पैटर्न था वो अब टू टाइम्स ज़्यादा हो गया अब वो गहरा हो गया अब मेरा एक थाट पैटर्न बन गया कि मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाऊँगा और मुझे नौकरी नहीं मिलेगी अब कुछ दिन बाद मुझे फिर एक इंटरव्यू की कॉल आई अब कॉल आते साथ ही मेरी एनजाइटी ट्रिगर्ड हो जाएगी क्या हो जाएगा कि मुझे महसूस होने लग पड़ेगा कि जैसे मेरे पेट में दर्द हो रही है हर बंदे को डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं इसके लाइक पैनिक अटैक्स हो सकते हैं अब ये चीजें खुद ब खुद इंसान वर्स्ट करता जाएगा यह पैटर्न वर्स्ट होता जाएगा यह पैटर्न इतना वर्स्ट हो जाएगा कि इंसान को स्पेसिफिकली विदाउट एनी रीज़न भी एन्जाइटी होना शुरू हो जाएगी तो ये कहाँ कंट्रोलेबल है अगर ये जर्नलाइज में है या किसी भी लेवल पे आप जाके खुद को कंट्रोल कर सकते हो बस शर्त ये कि आप कंट्रोल करने की हिम्मत रखते हो सलाइयत रखते हो और खुद को बदलने का एक मेंटेलिटी रखते हो आपको दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं बदल सकता आप अगर खुद को बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं अदरवाइज आप खुद को नहीं बदल सकते अब इस चीज के लिए जर्रलाइज एनजाइटी के लिए आप अगर मेडिकेशन की बात करते हैं तो मेडिकेशन भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है लेकिन मेडिकेशन से पहला जो होता है वो सेल्फ मैनेजमेंट होती है या आप किसी साइकट्रिस्ट से जाने से पहले किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलने अगर आपको ये वीडियोस हेल्प नहीं करती और आपको लगता है कि आपको जो है वो लाइक like, खुद से हेल्प नहीं मिल रही तो आप मेडिकेशन से पहला जो रास्ता होना चाहिए वो आपका किसी बंदे से लाइक like, किसी प्रोफेशनल से किसी लाइफ कोच से किसी साइकोलॉजिस्ट से आप मिल सकते हैं आप उससे अपनी सारी बातें वो आपको मैनेजमेंट सिखाएगा मैं मैनेजमेंट इसमें आपको काफ़ी सिखाने की कोशिश करूंगा लेकिन बात वही है अगर आप खुद से नहीं पकड़ सकते पकड़ पा रहे और आपको लग रहा है कि आप वीक हैं आप उस तरह से नहीं कर पा रहे तो बेटर इज दिस कि आप खुद को इतना ज़्यादा जो है ना वो फैला ले बेटर इज दिस कि आप जो है वो किसी बंदे से रबता कर लें देखिये आपने इन सारी चीज़ों को आप अगर मेडिसिन खाएंगे तो खाते रहेंगे खाते रहेंगे आपने उससे क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है अगर आप मेरे एक्सपीरियंस की बात करो तो मैं बचपन से ही जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में था मैं सेंसिटिव था सेंसिटिव होने की वजह से लाइक जैसे ही मैं कॉल सेंटर में आया मेरी अगर किताब आप पढ़ते हैं हाउ आई वॉन्ट माई लाइफ जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है और इसके आठ एपिसोड हो चुके हैं लेकिन अलहमद लेकिन कुछ रीजनस की वजह से भी दो एपिसोड जिसके नहीं आए वो भी इनशाला आ जाएंगे कुछ अरसे में तो उसमें यही चीज है कि मैं खुद भी बचपन से इन चीजों में था और मैंने बड़ा वर्स्ट एक लेवल एक्सपीरियंस किया अब इसके बाद मैंने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया यार अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी इंसान कर सकता है अगर आप कॉजिज के ऊपर काम किए बगैर समझते हो कि आप ठीक हो सकते हो तो मेरे ख्याल से आप गलत करोगे आप लाइक खुद को जो है ना वो एक जूठा दिलासा दोगे देखे अगर आपकी रात की नींद अच्छी नहीं है और आपको सुबह में डिप्रेशन हो हो या कोई लाइक uh, फोकस like, uh, करने में प्रॉब्लम हो या अटेंशन की कोई प्रॉब्लम हो या सर दर्द हो तो आप सरदर्द की गोली खा रहे हैं लेकिन रात की नींद नहीं ठीक कर रहे हैं, तो वो आप सर दर्द की गोली फिर खाते रहेंगे क्योंकि आपका मेन प्रॉब्लम आपकी रात की नींद है तो यहाँ हमें कॉजिस पे काम करना है मेरे केस में था एक तो सेंसिटिव था दूसरी चीज़ ये है कि मेरी रूटीन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी तो ये दो चीज़ें मेरे केस में थी मैंने इन दोनों चीज़ों पे काम किया दूसरा मेरा थॉट पैटर्न बड़ा गलत हो गया हुआ था मैंने उस थॉट पैटर्न पे किया अभी मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में जो है वो अपने थाट पैटर्न को कैसे अपने नेगेटिव से पॉजिटिव ट्यून इन करना वो भी मैं आपको सिखाता हूँ लेकिन पहले इसके काजेज़ की बात करते हैं कि कॉजेज क्या है जो हमें एन्जाइटी को कॉज करते हैं नंबर वन सेंसटिव नेचर हसास तबीयत कुछ घर का इन्वामेंट ऐसा होना घर में लड़ाई झगड़े होना या किसी माँ बाप में से किसी का जो है वो एन्ज़ाइटी में होना या छोटी छोड़ छोटी बातों को जो है वो लाइक परेशान कर देना हस्बैंड एंड वाइफ का एक दूसरे के ताल्लुकात का ठीक ना होना एक दूसरे के घर में नोक जोक हट टाइम चलते रहना इसमें कुछ लोग सफ़र कर रहे होते हैं मैंटली तौर पर लेकिन आम तौर पर यह बात घर वालों को नज़र नहीं आ रही होती पी किसी की अचानक मौत हो जाना किसी के साथ लाइक जना हो जाना कोई ज्यादी हो जाना कोई हादसा हो जाना कुछ ऐसा हो जाना नींद की खराबी खून की कमी खुराक की खराबी हमारे इधर खाने का भी ट्रेंड बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है हम कुछ खाते हैं तो बाहर का खा लेते हैं ठीक से नहीं खाते इसके अलावा जो है शराब की आदत सिगरेट की आदत कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा आदत और लाइक हर वक्त लेटे रहने की आदत कुछ काम ना करने की आदत गुर्बत मैदे की खराबी और एक्स्ट्रोबर्ट एक्स्ट्रोबर्ट बंदा जब जो लोगों में मिलता है घूमता फिरता है वो जब घर में बैठता है तो वो काफ़ी डिप्रेशन और एंगजाइटी में आ जाता है इसके अलावा हस्बैंड एंड वाइफ है अगर उनके आपसी मालूम मामला ठीक नहीं है तो दोनों में से कोई एक बंदा एनजाइटी में जरूर चला जाता है डिप्रेशन में ज़रूर चला जाता है काम करने वाले मर्द या औरत का घर बैठ जाना काम करने वाले इंसान का घर में बैठ जाना भी उसको डिप्रेशन में डाल देता है एनजाइटी में डाल जाता है अब जिस जगह आप काम करते हैं उसका इन्वायरमेंट अगर स्ट्रेसफुल है तो आप तक स्ट्रेस जरूर आएगा ये तो होगी इसकी कॉज़ अब थॉट्स मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं देखिए किसी भी चीज़ को ये सोलूशन अब होंगे किसी भी चीज़ को आप जरा देखें और अपने आप को परेशान करने से पहले एक बार आप ज़रा ये सोचें कि क्या ये मेरा ख्याल है कि मेरी हकीकत है यकीनन जब आप ये सोच लेंगे ना कि ये मेरे ख्याल हैं ये हकीकत नहीं है इट टुक मी फोर ईयर्स इसने मेरे चार साल ले लिए मुझे चार साल लगे इस बात को अंडरस्टैंड करने में कि ये मेरा ख्याल है और ये मैं हूं. और मैं इसी को ही जो है वो अपना ख्याल समझता था और ख्याल को ही अपनी ज़ात समझता था जिसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता था अगर आपको कोई चीज़ ओवर एक्साइटमेंट देती है जैसे मेरे केस में मुझे अगर कल ईद है तो मुझे बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट हो जाती थी मैं उस ओवर एक्साइटमेंट में सोता ही नहीं था अगर मेरे कज़ंस ने मेरे घर आना तो मुझे पूरी रात ओवर एक्साइटमेंट ही होती रहती थी तो इस पर आपने अपने आप को एक लाइक एक कमेंट पास करना है एक इनर थाट अपने अंदर चलाना है वो ये है कि ये जो ईद है यानी कि जो ईद का दिन है जो आप सोच रहे हो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूँगा मैं वो तो आपने अपने आप को एक ही थाट पैटर्न देना है कि ये ईद पहले भी थी और उससे पहले भी थी जो मैंने उससे पहले किया था जो उससे पहले किया था वही मैं इस ईद पे भी करूंगा। सिंपल आपने आंखें बंद करनी है और अपने आप को विजुअली दिखा देना है विद स्माइलिंग फेस मतलब रिलैक्स बॉडी के साथ कि वो ईद का दिन आया वो आके गुजर के चला गया जैसे पहले ईदे आती हैं और आगे गुजर के चली जाती हैं आपकी ओवर एक्साइटमेंट को बहुत ज़्यादा काम करेगी ये चीज विजुअली really ज़्याद इतना ही ज्यादा आप स्ट्रॉग करते जाएंगे हो रहा है या होने वाला है या हो चुका है ये आपने कॉन्शियसली डिसाइड करना है और आपने जो चीज कर ली होती है ना वो आपको आसान लगती है बन नाम आपने करना होता है तो आप अगर, अगर अपने माइंड को समझा देंगे कि ये काम तो मैं कर चुका हूं तो वो जो ओवर एक्साइटमेंट है ना वो फ्यूचर को लेके होती है तो वो इस चीज़ को जो है ना वो पास्ट का इंसिडेंट समझेगा तो वो आपको ओवर एक्साइटेड नहीं करेगा दूसरी चीज़ जिन लोगों को एग्जाम्स के बारे में ओवर एक्साइटमेंट होती है या वरी होती है या एन्जाइटी होती है कि पता नहीं कल क्या होगा तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो एक तो एग्ज़ाम की तैयारी पूरी करें पूरी हंड्रेड जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी करें उसके बाद आप कॉन्शियसली और सब कॉन्शियसली बंद करके अपने आप को उस एग्जाम के रूम में देखें आंखें बंद करें और मुस्कुराते विचेरे के साथ उस पूरे रूम में देखें और आप यही सोचें कि आप पेपर करके बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पेपर करके आप वहां से निकलकर बाहर आ रहे हैं अगेन तैयारी लाजमन है ये नहीं कि आप तैयारी नहीं करेंगे तो भाई देखो पेपर है ना वो तो होकर ही रहना है तो डरना किस चीज़ से है तैयारी से क्या हमारी तैयारी ठीक है हमें इस चीज़ को देखना है इस चीज़ को जो है न वो करना है इसके अलावा भी हमारी लाइक एन्जाइटी के ऊपर बहुत सी वीडियोज़ बनी हुई है मैं चाहता हूँ कि आप वो लाजमन देखें अब तीसरे नंबर पर जो एक ख्याल है वो फियर ऑफ़ डेथ है फ़ियर ऑफ डेथ पे भी मेरी बहुत डिटेल में वीडियोस बनी है मैं चाहता हूँ आप वो भी देखें अब फियर ऑफ़ डेथ है जिन लोगों को फ़र्ज़ करें उन्होंने किसी की मौत के बारे में सुना या किसी की मौत देखी या कुछ भी ऐसा कुछ हुआ सबसे पहले उनके अंदर एक थाट पैटर्न चलेगा कि वो मर गया तो मैं भी मर जाऊँगा तो यहाँ भी एग्जाम वाली जो चीज़ वो लागू होगी कि देखिए एक चीज़ कन्फर्म है मौत वो तो होके रहनी है सब मरना है मैंने हम सब ने इस दुनिया से जाना जाना है लेकिन हमने एग्जाम की तरह तैयारी लेकर जानी है अब ये इस चीज़ की निशानी है कि नंबर वन एक तो आप अल्लाह तौ ने आपके अंदर ईमान रखा है इसीलिए आपको आखरत का दिन याद है नंबर दो आपने उसके लिए अल्लाह चाहता कि लिए अल्ला है कि आप उसके लिए तैयारी करें अल्लाह आपके दिल में इसलिए डर है कि आप उसकी तैयारी करें तो हमने दो चीज़ें करनी है एक तो उसको याद कर रहे हैं अच्छी बात है वह याद दिला रही है अगर कोई चीज़ याद दिलाएगी तो हम उसका पैटर्न में रहेंगे ना अगर कोई चीज़ हमें याद नहीं दिलाएगी तो हम उसके पैटर्न से आउट हो जाएंगे तो हम उसके पैटर्न में आए थैंक्स टू तो अलर्न माइटी दूसरी चीज़ ये कि हमने उसके लिए मैक्सिमम तैयारी करनी है हमें इस चीज़ का जो है वो अलर्ट होना चाहिए इस चीज़ के लिए हमें काम करना चाहिए कि हमने उसकी मैक्सिमम तैयारी करनी है अब ये जो काम सारे आप करेंगे इसके अलावा भी मजीद थाट्स मैनेजमेंट पर मेरी वीडियोज़ बनी हुई हैं ओ पे इंक्लूसिव थाट्स पर वो भी आप देख सकते हैं मैं इन जो है वो एन्जाइटी की पूरी एक प्ले डिजाइन कर रहा हूँ ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं कि मैं इन चीज़ों से किस तरह निकल के बाहर आया हूँ अगर आप 110 परसेंट यकीन के साथ करते हैं वे बात वही प्लेस सीबो इफेक्ट वाली हो जाएगी अगर आप यकीन के साथ करेंगे तो दुआ असर करेगी अगर यकीन के साथ नहीं करेंगे तो ना दवा असर करेगी ना दुआ असर करेगी तो हमें यकीन को पहले सबसे पहले बिल्डअप करने की सबसे अहम ज़रूरत है अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की ये तकरीबन आलमोस्ट थर्टी टू फोर्टी परसेंट पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा ये जो हमने किया था मैनेजमेंट अब असल एक और काम भी हमें करना है जो है 30 टू 70 परसेंट हर बंदे पे डिपेंड करता है कि वो बंदे की लाइक like, हैबिट्स क्या है उस बंदे का लाइफस्टाइल क्या है तो गुड हैबिट्स आपको जो गुड करती हैं आपको बेहतर करती हैं तो उन हैबिट्स को अडॉप्ट करना है वह सोल्यूशन क्या है नंबर वन थिंग गुड स्लीप हां अगर आपकी नींद अच्छी है अगर आप जल्दी सोते हैं जल्दी उठते हैं तो आपके अंदर एन्जाइटी कम से कम होती है इसके बाद है सेरोटोनिन रिच फूड्स अब जब भी कोई आप मेडिसन इस चीज़ में खाते हैं जो आपके न्यूरो को जो ब्रेन केमिकल को अप करने के लिए यूज़ होती है उसमें एस SSRI, जो हैं वो ज़्यादा होती हैं सिलेक्टिव सैरोटोनिन री अपटेक ये जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो अहम किरदार अदा करती हैं लेकिन ये नेचुरली भी आपको फूड्स में भी अवेलेबल है एक्सरसाइज से भी मिल जाती है और प्रॉपर स्लीप करने से भी आपका जो है ना वो केमिकल एम्बैलेंस बैलेंस हो जाता है तो इसके ऊपर भी मेरी डिटेल में वीडियो बनी हुई है मैं चाहता हूँ वो भी देखिएगा वो लाजमन देखिएगा वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एक लिस्ट बना लीजिएगा उन फूड्स को कैसे इस्तेमाल करना है वो लाजमन आप अपनी लाइफ में करिएगा अगर इसी में बताऊँगा तो काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी नमाज कुरान और एक स्ट्रॉन्ग बिलीव यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीफोनिया ने एक रिसर्च की थी और उसने देखा था कि जो लोग प्रेयर करते हैं या जो किसी बिलीव के साथ जुड़ते हैं उस बिलीव के बारे में ज़्यादा रहते हैं उसके वर्शिपर रहते हैं उसके लाइक फॉलोअर रहते हैं वो कम से कम एनजाइटी में जाते हैं वो कम से कम डिप्रेशन में जाते हैं इसकी बहुत बड़ी एक रीज़न ये है कि फ़र्ज़ करें फ़र्ज़ करें फ़र्ज़ करते हैं कि मेरा एक बहुत बड़ा बंदे के साथ लिंक है वो लिंक इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है मेरी उसके साथ बड़ी अच्छी जान पहचान है मैं उसकी हर बात मानता हूँ तो क्या वो मेरी कोई बात नहीं मानेगा मेरी भी तो बातें मानेगा ना तो मेरे दिल में कोई डर होगा तो मुझे तो कोई डर ही नहीं होगा मुझे तो ये डर अगर फर्ज करे मेरा कोई काम है और मुझे डर होगा कि ये मेरा काम नहीं होगा लेकिन मेरी अगर उससे दोस्ती पक्की है एक स्ट्रॉग रिलेशन है तो मेरे दिल में वो डर कितना होगा बिल्कुल मायनर सा कि यार चलो वो तो कर ही देगा ना तो जब आप एक बहुत बड़ी ताकत के साथ जुड़ जाते हैं तो वो बहुत बड़ी ताकत जो है ना वो छोटी छोटी ताकतों पर हावी हो जाती है और हमारे अंदर की जो एक डर की ताकत है वो कमज़ोर हो जाती है तो बहुत बड़ी ताकत के साथ जुड़ने के लिए ज़रूरी है आप अल्लाह की अताद करें अल्लाह की मैक्सिमम माने नमाज़ पढ़ें कुरान पढ़ें और सूर्य रहमान की तलावत सुनें सूर रहमान जो है वो आपके बिलीव्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग करती है और आपको नेचुरली इंटरनली आपकी रूह को हील करती है ये चीज़ें रूह की ग़ा हैं मौसी की रूह की ग़ा नहीं है अगर मौसी की रूह की ग़ा होती तो सबसे ज़्यादा गाने वाले डिप्रेशन में क्यों होते ये लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं ये सिर्फ मतलब एक फेस दिखाते हैं कि ये बहुत खुश हैं दर ये खुश नहीं होते चूठ है ये गलत बात है अंदर में उनके भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन चल रहा होता है वॉक एंड एक्सरसाइज वॉक एंड एक्सरसाइज एटलीस्ट एक्सरसाइज अगर आप मेरी बात करें तो मैं दिन में दो घंटे से ज़्यादा वॉक करता हूँ और एक घंटा एक्सरसाइज करता हूँ इसके अलावा जो है मैं लाइक साइकिलिंग करता हूँ रेगुलरली बेसिस पर यह करता हूँ और एक वो एक एक्सरसाइज होती है जो मैं वाइब्रेटर पर करता हूँ जो वाइब्रेट करती है पूरी बॉडी जो है ना वो कैलरीज उसमें मैं दस मिनट में तकरीबन फोर प्लस कैलरीज़ को बर्न करता हूँ कि वो चीजें हैं अगर किसी को लगता है कि भाई आप तो डिप्रेशन में नहीं यार आपको देख के नहीं लगता तो आप ये सब करो आप खुद ही यकीन करोगे कि, कि वाकई ये चीजें अमल करती हैं असर करती हैं अगर हम यकीन के साथ करें तो सिगरेट शराब और चाय कॉफी बहुत ज्यादा सिगरेट शराब तो वैसे ही छोड़ दें आप चाय कॉफी भी बहुत ज्यादा नहीं पीनी ये भी आपको एन्जाइटी को और डिप्रेशन को बहुत ज्यादा करती है जब भी आप बेड पर जाए कोशिश करें कि बेड पर जाने से पहले इन्जाइटी को साथ में लेकर ना जाए वरना आपकी एन्ज़ाइटी आपको सोने नहीं देगी इस बात से क्या मुराद है फ़र्ज़ करें आपने किसी को कोई बुरी बात कह दी या किसी ने आपको कोई बुरी बात कह दी या कल किसी जगह जाना है और आप उसी के बारे में सोच सोच से सोच सोच के बेड पर जा रहे हैं तो पूरी रात कड़वटे बदल रहे बदलते रहेंगे बेहतर है कि उस एन्ज़ाइटी को हल करें उस बात को हल करें फिर आप बेड पर जाएँ और दूसरों को भी माफ़ करें और ख़ुद को भी माफ़ करें दूसरों को भी और ख़ुद को माफ़ करना बड़ा ज़रूरी है अच्छे लोगों से मिलें अच्छी बातें करें माँ बाप से अच्छा सलूक रखें बहन भाइयों से अच्छा सलूक रखें ये भी आपकी एनजाइटी को कम से कम करेंगी ये चीजें हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को दुख ना दें तकलीफ ना दें कोशिश करें कि अगर एक को बात बुरी लगती है तो दूसरा वो बात ना करे मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव रहें बी योर कोच अपना कोच बनकर सोचें अपने हर बड़े से मसले को जो है वो थर्ड पार्टी की यानी कि एक तीसरे बंदे की जगह आकर सोचें कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है मैक्सिमम टाइम अगर आप पॉजिटिव रहने की हैबिट को अडॉप्ट कर लेंगे ना या इट्स हैबिट एंशियस रहना भी एक हैबिट है और पॉजिटिव रहना भी एक हैबिट है बड़ा वक्त लगता है लेकिन इंसान जब सीख जाता है तो बड़ा इसका बड़ा ही एक प्लेरेबल एक अलग ही मजा होता है इसका कि हर नेगेटिव चीज़ से को भी इंसान पॉजिटिव करने का हनर जानता है इससे इंसान के अंदर एनजाइटी के सेल्स बहुत कम हो जाते हैं जो स्ट्रेस हारमोन होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं सो मैक्म टाइम खुद को पॉजिटिव रखें और देखिए मर्द हो या औरत आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपकी लाइफ जो है ना ये सिर्फ आपके फैसलों पे है अगर आपके अच्छे फैसले हैं तो आपकी लाइफ अच्छी है अगर आपके फैसले बुरे हैं तो आपकी लाइफ भी बुरी है मर्द को चाहिए कि वो कम से कम घर में रहे मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो ऑनलाइन अर्निंग करते हैं घर में रहते हैं तो वो ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं वो ज़्यादा एंगजाइटी में रहते हैं उनको चाहिए कि एक फिज़िकल वर्क भी बाहर जो है वो शुरू करें लोगों में मिलें या कुछ टाइम की मैनेजमेंट उस तरह से स्टार्ट करें डेली सदका खरात करें और मेडिटेशन करें मेडिटेशन आप नमाज़ में भी कर सकते हैं नमाज में कैसे मेडिटेशन होती है जब आपने नमाज़ पढ़ ली जैसे आप नमाज़ पढ़ के नमाज़ ख़त्म होगी जैसे आप सजदे की हालत में जाते हैं ना वैसे ही आप सजदे की हालत में चले जाएं आंखें बंद कर लें और अपना सारा फोकस यहाँ ले आए नमाज़ ख़त्म कर बाद में एक एक मिनट भी आप हर नमाज के बाद करते हैं लाइक पाँच नमाजें तो पाँच मिनट हो जाते हैं दो मिनट करते हैं दस मिनट हो जाते हैं रेगुलरलीसिस पर इसको करें आप इसके बाद देखिएगा अपने अंदर कितनी पॉजिटिविटी आपको महसूस होती अच्छा अब इसमें जो है ना एक बड़ी चीज़ जो है असल जो प्लेयरेबल एक्टिविटी होगी वो ये होगी कि दिन के कोई से भी पांच छोटे छोटे काम आप कर लें कोई भी पांच छोटे छोटे काम कर लें जैसे मेरे केस में है कि मैं अपने लिए सैलड बनाता हूँ मैं अपने लिए लेमन वाटर बना लेता हूँ मैं अपने लिए चाय बना लेता हूँ ये छोटे छोटे काम छोटे छोटे काम अपने काम करना सुन्नत है इससे करने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे लाइक आप बुरा ना महसूस करें अल्लाह के नबी ने हमें जो बातें बताईं हमारे फ़ायदे के लिए अच्छी हैं इससे आपका डोपामिन रिलीज़ होगा आपका डोपामिन रिलीज़ होगा तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी आपकी एनजाइटी कम से कम होगी सैलिड बना लें गार्डनिंग करते दें टी शर्ट शर्ट इस्तरी कर लें मैं अपनी शर्ट ख़ुद इस्ते करता हूँ आयरन करता हूँ लाइक शूज़ पॉलिश कर लें मैं अपने शूज खुद पॉलिश करता हूँ मैक्सिमम टाइम अपने खुद काम खुद करता हूँ इससे आपको डोपामिन मिलेगा किसी भी काम को कम्प्लीट करने पर टास्क कम्प्लीट करने पर आपको डोपामिन मिलता है पर डोपामी भी दो तरह का होता है एक बैड और एक गुड डिटॉक्सिंग ऑफ डोपामीन पे इंशाल्लाह मैं लेटर ऑन वीडियो बनाऊंगा कि ये जो हम लाइक बहुत ज़्यादा डोपामीन को जो है वो अडिक्शन में डालता है हमें डोपामीन तो हम ये जो बहुत ज़्यादा गलत मलत तरीक़ों से डोपामीन अपने अंदर डाल रहे हैं दैट्स नॉट अ गुड थिंग ये हमें असल में बर्बाद कर रहा है मेरे ख्याल से ये मैक्सिमम टाइम चीज़ें हैं और बुक रीडिंग की आदत लाजमन आप अपनाएं बुक रीडिंग यार कमाल की चीज़ें जितनी ज़्यादा आप किताबें पढ़ेंगे अगर किताबें नहीं पढ़ सकते तो थोड़ा सुनना शुरू कर दें समरीज को सुनना शुरू कर देंगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी इनफ़ बहुत ज़्यादा चीज़ें होगी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी अगर आप इस वीडियो को यकीन के साथ देखते हैं और इस पर अमल करते हैं कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपकी एनजाइटी बिल्कु, बिल्कुल बिल्कुल जो है ना वो मैनेज होना शुरू हो जाएगी अगेन एनजाइटी आपका इमोशन है ये सारी जिंदगी आपके साथ रहना है इसको ख़त्म करने की कोशिशों में ना पड़े, इसको मैनेज करने की कोशिशों में पड़े, इंशाल्लाह देखिए फिर आप कैसे ठीक हो जाते मिशन हमारा एक ही है हमने पूरी दुनिया से एंजाइटी और डिप्रेशन को लोगों को अवेयरनेस देनी है कि वो अपने आप को मैनेज करके चलें और ख़ुद की लाइफ को बेहतर से बेहतरीन करें आपने बहुत ख्याल रखेगा मुझे दुआ में याद रखेगा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ असलकम्फिज